हलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एटीएम से पैसे निकालते समय यदि एटीएम का पिन कोई जान ले अथवा तो आपका एटीएम टी एम बदलकर चला जाए तो आप अपने एटीएम कार्ड को तुरंत नेट बैंकिंग के जरिए अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं जिससे आपके एटीएम से चोर पैसे ना निकाले सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में अपना नेट बैंकिंग लॉग करें उसके बाद नेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और उसमें अपना एज आई डालें उसके बाद में अपना पासवर्ड और दिस इज माय सिक्योर आईडी डी इस पर क्लिक करके और लॉगिन हो जाना उसके बाद में कार्ड पे क्लिक करें और कार्ड पे क्लिक करने के बाद जो डेबिट कार्ड लिखा हुआ है उसके नीचे रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करें और जो डेबिट कार्ड हॉट लाइटिंग है हॉट लाइस्टिंग टेस्ट है इस पर क्लिक करें उसके बाद में जो कार्ड नंबर है पैसल उस पे क्लिक करें और जो सिलेक्ट रीजन कार्ड लॉस्ट डैमेज नॉट टी शॉट तो इस पर कार्ड लॉस्ट डाल के और कार्ड ब्लॉक दिमाग में कार्ड ब्लॉक लिख सकते हैं उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करें इस तरीके से आप अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं